असला टॉस मुझे सिर्फ तीन चार लोग नज़र आ रहे हैं What's wrong? What's wrong with you? Waalaikumussalam. Waalaikumussalam. I'm good. 19. तो आपने लेक्चर वो फिर देखा था लास्ट वीक काफी दिन हो गए बीच में कुछ याद है सब भूल गया लास्ट हमारा लेक्चर थोड़ा सा हैज़ हुआ था। है वालेकाम ओके सो so, जैसा कि हमें डर था खतरा था ये एक्सटेंड हो गया है लॉकडाउन ठीक है ना तो मैंने जैसा आपको पहले भी आ, आपको गाइड किया था और इसरार किया था कि ये जो सेशंस हैं इनको आपने बिल्कुल वैसे ही सीरियसली लेना है जैसे ऑन कैंपस सेशंस हैं ठीक है बेटे जो टाइम गुजरता है ना ये वापस नहीं आता तो इवन जब भी कैंपस की क्लासेस होंगी ये लेक्चर्स दोबारा से रिपीट नहीं होंगे ठीक है ना तो आपके लिए ठीक है मैं समझता हूं कि यंग लोग ज़्यादातर ऑनलाइन चीज़ों को उतना सीरियसली नहीं रहते लेकिन ये जो अब पढ़ाइयाँ हो रही हैं ना हमें मजबूरन जो पढ़ाई करनी पड़ रही है इस पर ऑनलाइन तो इसको आपने सीरियसली ही लेना है ठीक है बिल्कुल वैसे ही सीरियसली लेना है जैसे आप एक ऑन कैंपस क्लास को सीरियसली लेते हो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लास्ट टाइम इवन दो आई ऑफर्ड कि आप एक एक्स्ट्रा सेशन ले लो क्योंकि इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन थी लेकिन कोई ख़ास रिस्पांस आपकी क्लास में से नहीं आया आ, मैं यहाँ तक तो समझता हूँ ज़ाहिर है कि अगर दो बजे के बाद आप लोगों को कहा जाए कि जी आप कोई एक्स्ट्रा क्लास लें तो वो मेरा खाला निजी वजूहत की बिना पर एक मसला हो सकता है आ, लेकिन पूरे के पूरी क्लास को वो मसला था मैं थोड़ा सा हैरान था इस बारे में लेकिन एनी हाउ Uh, कोशिश करें कि इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लें ठीक है क्योंकि अब लॉकडाउन भी एक्सटेंड हो गया है 11 तारीख 11 अप्रैल और वो मेखल है उस वक्त तक तो हमने ये यूनिट ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर देना है ठीक है ना तो आप समझिए कि मेरे साथ जो आपकी क्लासेस हैं वो इधर ही हैं मोस्टली शायद कोई इक्का दक्का रह जाए तो कर लेंगे और इसका इसका भरपूर फ़ायदा हम उठा सकते हैं मैंने आज जूम का आ, करने की कोशिश की थी लेकिन मेरे घर पर इंटरनेट नहीं है तो मैं सब अपना आ, अपने डाटा पे सख्त हूँ तो ये कर रहा हूँ लेकिन मैंने अब यूट्यूब लाइव को यूज़ करना है क्वेश्चन और आंसर्स के लिए ठीक है या जिसे कहते हैं ना कि कोई वर्बल एक्सप्लेनेशन है उसके लिए क्योंकि अब सर्कुलेशन का टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो मैं बेहतर समझता हूँ कि आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर पढ़ाया जाए ठीक है ना? तो इस सिलसिले में मैं आपको वीडियोस जो आपके सीनियर बैच के लिए मैंने रिकॉर्ड की थी लास्ट ईयर मैं वो आपको सेंड करूंगा विद टाइम स्टैम्प्स वो आपने बिल्कुल जैसे मैं आपको कहूंगा आपने वैसे ही उनको देख देखना है ठीक है और उसकी बेसिस पे ही लाइव लेक्चर होगा सो बेटे अगर आपने वो वो वीडियो नहीं देखी तो लाइव लेक्चर में आप थोड़ा सा आपको लगेगा ये पेस है इसमें थोड़ी सी स्पीड है होगी कि मुझे एक चीज कवर करनी है तो ये मैं दोनों चीजें साथ मिला एक आपका आ, क्या कहते हैं ये जो वीडियो है और आ, उसके बाद आपके साथ गुफ्तु होगी और इनशाला बीच में जब YouTube लाइव की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन आंसर्स या एक वर्बल एक्सप्लेनेशन की तो मैं उसको इस्तेमाल करूंगा ओके स्टार्ट फोर्टी थ्री मेरे पास आ रहे हैं बच्चे फोर्टी और सीआर uh, है यहां पे सीआर अहमद रजा इज द सीआर अहमद रजा सीआर है वेर इज द सीआर नबील है यहां पे अच्छा जीआर है कोई इस क्लास की जो सोया वो खोया जीआर है अरीज ठीक है बेटे मैं अब अटेंडेंस लेने लगाऊं <coughs> तो आपने ये अटेंडेंस मुझे भेजनी है ठीक है अब अटेंडेंस लगा लें अभी 47 बच्चे अरे जी आपने मुझे फिर ये व्हाट्सएप पे भेज देना सवेरा जो भी जो भी है जी आर मुझे वो व्हाट्सएप पे भेज दे ठीक है अभी अटेंडेंस लगाए ये हो गया अच्छा बेटे एक आप अटेंडेंस की भी लगाए रोल नंबर 66 असद अली वो क्रोम से लॉग इन है रोल नंबर 66 असद अली ठीक है बेटे हो गएंस यार, हो गई बेटर चलो ओके सो वी विल स्टार्ट नाउ ऑलराइट मैंने uh, आपको जो वीडियो भेजी थी वो स्टार्ट होती है जनरल प्रिंसिपल से ठीक ओके okay. बात हो रही है मल्टी सर्वर ऑर्गेनिजम्स की ठीक है सो so, मल्टी सर्वर ऑर्गेनिजम्स को एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की ज़रूरत होती है जो क्लोज्ड हो ठीक है ना जो यूनिसलर ऑर्गेजम्स होते हैं उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता जैसा कि आपने में पढ़ा होगा लेकिन जो मैमल्स हैं हायर मैमल्स हैं उसमें एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है और आ, इस, इस पूरे सिस्टम की जो आ, आ, जो सोफिसिकेशन है या जो हाईली स्ट्रक्चर्ड है हाईली डिवेलप्ड है ये इसलिए है ताकि टिशूज़ तक ऑक्सीजन की और फूड सब्सट्रेट्स वगैरह की तरसील की जाए और वेरी इंपॉर्टेंटली कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव किया जाए तो ये ये मेन काम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का ऑफ कोर्स फिर जैसे ऐसे रिसर्च आगे गई तो पता लगा कि जनाब ये जो आर्टरीज हैं वह सिर्फ तरसील के लिए नहीं है बल्कि ये खुद भी एक ऑर्गन है यह खुद भी हारमोनस प्रोड्यूस करती हैं बहुत सी चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं इससे बॉडी को और भी फ़वाद होते हैं ठीक है। इवन हार्ट कुछ हारमोन करता है जिसका फिलहाल चेंजको यह याद है ये, ये इन सीरीज और का इन और क्या फर्क होता जैसे हम कहते हैं कि हार्ट चैंबर्स जो है वो सीरीज में अटैच्ड हैं और uh, जो टिश्यूज हैं वो पैरेलल में हैं और ये हमने नहर की एग्जाम्पल दी थी बड़ी डिटेल से बात की थी लास्ट टाइम ओके सो मैं ये रिपीट नहीं करूंगा ठीक है हार्ट चैंबर्स आर अटैच्ड इन सीरीज और जो टिश्यूज हैं वो पैरल में है ठीक है इसके बाद मेरा ख्याल यहां पर आके गड़बड़ हुई थी आ, इंटरनेट की बुनियादी तौर पर जो थर्ड प्रिंसिपल है आ, डायमीटर के मुतालिक वो, वो है देखें सर्कुलेशन का जो काम है जी ब्लड सप्लाई के अंदर सर्कुलेशन का मेन काम क्या है सर्कुलेशन का काम बेटा ये अटेंडेंसेस ना लगाएं अटेंडेंस एक दफा हो चुकी है और एक दफा मैं रैंडमली दोबारा लूंगा मिडिल में एंड में रह तो ये बार बार रोल नंबर्स अपने ना भेजें जब आप ऐड हो जाते हैं ना जब आप इसमें ऐड हो जाते हैं तो बस आप ऊपर वो आ जाता है कि आप एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया वैसे आप अननेसरी आप मैसेजेस करेंगे तो मेरे में डिस्ट्रैक्ट होता हूँ सो so, ये जो ल्यूमन की बात है या डायमीटर की बात है ये बहुत ज़रूरी है क्यों जरूरी है देखें सर्कुलेशन आपने एक सुरंगों का जाल बिछा दिया ठीक है अब उन सुरंगों के बाहर टिश्यूज पड़े हुए हैं ठीक है इन सुरंगों के अंदर आपने एक खास ये बात याद रखें, एक खास वॉल्यूम को एक खास प्रेशर पे सर्कुलेट करना यह बात जरूरी है समझने की सर्कुलेशन में खास तौर पर आर्टेरियल साइड पे एक खास वॉल्यूम एक खास प्रेशर के साथ जब सर्कुलेट होगा तो सर्कुलेशन जिसलिए बनी है वो उसको अचीव कर पाएगी यानी सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यूज एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये वॉल्यूम अगर कम हुआ तो प्रेशर कम हो जाएगा प्रेशर अगर कम होगा तो ये जो हमने सील करनी है या रिमूव करनी है चीजें इसमें हमें दिक्कत आएगी ठीक है तो इसको एक और मैं तरीका समझाता हूँ आपको जब खुदान खासा किसी का एक्सीडेंट हो जाता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है और उसका ब्लड निकल जाता है या काफ़ी ज्यादा निकल जाता है तो बेटे ये एक लाइफ थ्रेटनिंग चीज है जिंदगी खत्म हो सकती है अब आप देखें उसका ब्रेन ठीक है उसका हार्ट ठीक है उसकी लंग्स ठीक है उसकी किडनीज ठीक है उसके मसल्स ठीक है हड्डी ओके okay. मैं दोबारा से कहता हूँ सिर्फ हुआ ही है कि एक इंजरी हो गई है और ढेर सारा ब्लड बाहर निकल गया तो पूरी की पूरी बॉडी वैसी की वैसी है सिर्फ ब्लड का जो वेसल के अंदर आर्टेरियल सिस्टम के अंदर से खास तौर पर आपने ब्लड उठाया और बाहर डाल दिया उसमें से रिमूव कर दिया तो मैं आपसे यह कह रहा हूं कि ये बात इसको मरने के दहाने तक लेके जाएगी लाइफ थ्रेटनिंग है यह तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर कितना जरूरी है और वो ऑबियस बात है जरूरी इसलिए कि वरना टिश्यूज मरना शुरू हो जाएंगे अगर आप उनको ब्लड सप्लाई नहीं दोगे अगर उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और अगर उन उ, उन तक फूड न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे और उनका जो वो ये जो, जो फाजिल मवाद है कार्बन डाईऑक्साइड है हाइड्रोलाइन है और बतेरी चीज़ें वो अगर आप रिमूव नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है वो जहर वो जिंदा है सेल्स तो वो लगातार काम कर रहे हैं उनको लगातार ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है और लगातार वेस्ट रिमूवल की जरूरत है तो ये नहीं हो सकता कि आप सॉरी आप ये नहीं, नहीं कह सकते कि चंद घंटे तो बंद किया था वैसे तो हमने चला के रखा था तो चंद घंटों से इतना फर्क हो जाता है जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि एक इवेंट हुआ है जिसमें ब्लड लॉस हो गया है और बंदा मरने पर पहुंच गया अगर ब्लड लॉस ज्यादा हो जाए तो अभी जो ब्लड लॉस ज्यादा है ठीक है इसमें या ब्लड लॉस चले कहले कम है ठीक है इसमें बचत कैसे होती है आदमी की भाई सारे साहरे सारे जो आ, आ, क्या कहते हैं आ, लोग जो खुदा न खासा किसी ना किसी वेस्ट है समझाने को तो पहले मुझे आ, किसी ना किसी वजह से बेचारे एक्सीडेंट का शिकार होते हैं ब्लड लॉस का शिकार होते हैं खुदा ना खादा वो मर तो नहीं ना जाते ऐसा क्या होता है अगर आपका अभी इतफाक हुआ हो किसी को फर्स्ट एड देने का या किसी ऐसे बच्चे बंदे को सपोर्ट करने का या उसको आगे हॉस्पिटल तक ले जाने का तो आपने महसूस किया होगा कि वो कापरा होता एक बात दूसरा वो ठंडा पड़ा हुआ होता तीसरा उसको पसीना आया हुआ होता ठीक है चौथा वो पेल हुआ हुआ होता ठीक है बेटा ये सारी चीज़ें क्यों हुई होती हैं ये बात आपने ना जब ये रिकॉर्ड हो तो उसको दोबारा सुनना है मैंने जो जिस तरतीब में बताया ठीक है ना मैं बातें रिपीट करता हूं ना तो फिर उससे मवाद कम कवर होता है और टाइम मेरा निकल जाता है तो इसलिए मैं रिपीट ज्यादा नहीं करूं ये क्यों होता है ये इसलिए होता है कि वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है जब ब्लड वॉल्यूम लॉस हो रहा होता है और और ये कंस्ट्रिक्ट इसलिए किया जाता है ताकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली ब्लड प्रेशर कम ना हो क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया तो वो सारी बातें जो मैंने अभी कही हैं वो हो सकती हैं और इवन इस हद तक अगर वो बहुत कम हो जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता तो वेसल्स में ये कुदरत दी गई है यह एबिलिटी दी गई है कि वह अपना डायमीटर चेंज कर सकती है ठीक है और हम एक आगे चैप्टर करेंगे जिसका आ, जिसका टाइटल है लोकल ब्लड फ्लो लोकल ब्लड फ्लो में हम यही बात करेंगे जो मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा हूँ तो उधर के फायदे के लिए भी और अभी भी एक एक आपको जरा बेहतर तौर पे समझ आ जाए तो एक फिक्र इसके लिए ये होगा कि ये जो डायमीटर है ये दो तरीके से बैठे चेंज किया जा सकता अच्छा चेंज का क्या मतलब है वो पहले वह बता दूँ कंस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं इसको डायलेट भी कर सकते हैं कंस्ट्रिक्ट आप किस वक्त करेंगे जब आपको खतरा है ब्लड प्रेशर नीचे जा रहा है ठीक है और डायलेट आप किस वक्त करेंगे जब आप आपको जैसा सिस्टम को समझ में आएगा कि भाई ब्लड प्रेशर को ज़्यादा ही ऊपर चला गया है इसको डायलेट करो रिलैक्स करो थोड़ा उसको जगा दो ठीक है तो आप ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ फिजिक्स को इस्तेमाल किया जा रहा है एक वैसल है उसके अंदर एक वॉलीम है अगर उस वॉल्यूम को आप चेंज ना भी करें तो भी वेसल के डायमीटर को या डायलेट करके आप उसके अंदर प्रेशर को बढ़ाया घटा सकते सकते ठीक है अब जैसे ब्लड लॉस में ब्लड का वॉल्यूम तो कम हो गया ना तो प्रेशर को तो नीचे आना चाहिए आप क्या करते हैं आप उसको बड़े जीनियस तरीके से प्रेशर को मेनटेन कर लेते हैं विदाउट रिप्लेसिंग वॉल्यूम ये बड़ी जरूरी बात है विदाउट रिप्लेसिंग वॉल्यूम रोड बेचारा बंदा पड़ा हुआ है वॉल्यूम कहां से आएंगे? लाएंगे अब उसको वहां तो ड्रिप नहीं ना लगा सकते लेकिन जिंदगी तो उसकी बचानी है तो ये इमरजेंसी में बॉडी क्या करती है आपके ख्याल में बॉडी विज ऑफ करती है ताकि जो भी वॉल्यूम बच गया है उस पे उसी वॉल्यूम पे प्रेशर तो बरकरार रहे ना मरे तो नहीं बंदा जो भी वॉल्यूम है थोड़ा बहुत है वो तो चलो उसको घुमाए ना क्योंकि अगर इस वेल को कंस्ट्रेक्ट आपने नहीं किया तो कम वॉल्यूम की वजह से प्रेशर भी उतना ही कम हो जाएगा जितना वॉल्यूम कम हुआ है और वो फिर टिश्यूज को मुसीबत पड़ जाएगी तो क्या बेहतर नहीं है कि इस सिचुएशन में बेहतरीन ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाए चलो वॉल्यूम कम हो गया वो उसका तो कुछ नहीं हो सकता फिलहाल कुछ नहीं हो सकता उसको बाद में रिप्लेस करना जरूरी है लेकिन फिलहाल क्या करें रोड पर बंदा पड़ा हुआ है तो आप क्या करें आप वेजो कंस्ट्रक्शन करते कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ब्लड प्रेशर कुछ मुनासिब हो जाएगा वो जो धड़ाम से गिरा था ना अब वो कुछ मुनासिब हो जाएगा कि जब आप पानी दे रहे हो घास को अपने लॉन में या किसी बूटों को पानी दे रहे हो आप और पानी की जो धार है वो जरा वीक सी हो पीछे पानी कम आ रहा हो आप बेटे क्या करते हो आप उस पाइप के एंड को प्रेस करते नहीं करते प्रेस करते हो ना धार जरा आगे चली जाती है आगे तक जाती है जेट जेट बन जाती है ठीक है कंस्ट्रक्ट करते हो यही बात यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है वेसल्स में ठीक है अच्छा अब मैं वो बात कर रहा था सॉरी वो बात रह गई कि वो जो हम लोकल ब्लड फ्लो के वाले चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें यह हो वेलकम बैक दो तरीके हैं वेसल्स के डायमीटर को एडजस्ट करने के एक है लोकल तरीका यानी टिश्यू खुद आ, कुछ चीजें डील करके आ, अपनी जो सप्लाइंग उनको डायलेट या कंस्ट्रक्ट कर लेता है मैनेज कर लेता है ठीक है एक टिश्यू के अपने लोकल इसे कहते हैं लोकल फैक्टर्स टिश्यू के अपने लोकल फैक्टर्स फिर दूसरा क्या है दूसरा यह है कि जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है ठीक है है ना ये सिस्टम सिस्टम मेनली सिंथेटिक नर्वस का किरदार उसको जब आप बढ़ा देंगे तो नल को जितना ज्यादा खोलेंगे उतना ज्यादा पानी आएगा जितना ज्यादा तंग करेंगे उतना कम आएगा तो सिंपेटिक नर्वस सिस्टम के वेल्स के साथ यही नेचर है की. कि वो जब इंक्रीज होता है तो वो इनको टाइट करता है कंस्ट्रक्ट करता है तो फ्लो को रोक देता, देता है ठीक है और एक लोकल ब्लड फ्लो लोकल टिश्यू के फैक्टर्स होते हैं जो डायमीटर को इफेक्ट करते हैं ठीक है अच्छा जी और ये यहां है लिखा कि जी वो वेल्स के अंदर क्योंकि स्मूथ मसल होते हैं तो ये एक्चुअली स्मूथ मसल्स कर रहे होते हैं यानी वसल्स के अंदर भी मसल्स होते हैं स्मूथ मसल्स की तय बत लहरे तहें होती हैं आर्टरीज़ में बहुत ज्यादा होती हैं वेन्स में कम होती हैं ठीक है कपिलरी में तो एब्सेंट होती हैं ऑलमोस्ट तो आर्टरीज़ में कंस्ट्रक्शन और डायलेशन का मेन तो काम आर्ट्री कैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो वह एक्चुअली फंक्शन है स्मूद मसल का ठीक है अच्छा अब इससे आगे हम एक, एक एक और डिफरेंट बात करेंगे यहां तक कोई क्वेश्चन है फोकस्ड क्वेश्चन वंस अगेन अगर है तो बताए No no जैसे हमने पहले पढ़ लिया है वो दो काम करता है एक हार्ट के साथ करता है काम दूसरा वो बेसल्स के साथ करता है।, करता है और हार्ट को वो यानी इंक्रीज ट और इंक्रीज्ड कॉन्ट्रेक्टी करता है शाबाश अच्छा जी सवाल और नहीं है लेट्स मूव ऑन अच्छा अब आ रही है बात आ, लास्ट दो आ, जो जनरल जर्नल प्रिंसि उनकी जर्नल प्रिंसि मुराद ये भी है कि पूरे जो सर्कुलेशन का चौदह निकात और सर्कुलेशन के पांच निकात ये सेम चीज़ हैं अच्छा जी वैस क्या कहता है सर वेल्स डायोमीटर चेंज करती ओन इट्स ओन कैन बी चेंज बाई एनी फिजिकल स्टमुलस बेटे बॉडी के अंदर तो फिजिकल स्टेमुलस वेसल्स तक तो नहीं जाएगा ना वेसल्स तो सारी टिश्यूज़ के अंदर रैप्ट होती हैं डीप होती हैं स्पेशली आर्टरीज तो वेन्स तो फिर ऊपर पड़ी हुई होती हैं जिनको पकड़ के आप दबा सकते हैं लेकिन आर्टरी तो डीप प्लेस्ड होती है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है वो इन्हीं दो चीज़ों के अंडर होती हैं जनरली स्पीकिंग ठीक है।, है हाँ अगर आप किसी को फिजिकली बहुत ज़्यादा दबा दें तो हाँ उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाएगी ठीक है जैसे हम आगे बात करेंगे कि अगर आप बहुत ज़्यादा जोर से दबा दें तो इसकी आर्टरी भी दब जाएगी तो यहाँ पे आपको फिर ऐसा महसूस होगा कि इसका ब्लड फ्लो कम हो गया अच्छा अब हम बात करेंगे आखिरी दो चीज़ों की और ये वो चीज़ें हैं बेटे जिसपे सबसे ज़्यादा बहस मुबास होगा ठीक है आ, वो हैं कार्डिक आउटपुट ठीक है और आर्टेरियल ब्लड प्रेशर अभी हम इनकी डिटेल में नहीं जा रहे ठीक है मैं इनको सिर्फ आपको इनका इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको क्योंकि ये जो दो टॉपिक्स हैं ये सर्कुलेशन का उड़ना बिछोना है ठीक है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इवन एग्जाम्पल आपको इन दो टॉपिक्स के ऊपर आएंगे कार्ड आउटपुट क्या होता है और आर्टीरियल ब्लड प्रेशर क्या होता है ठीक है आज हम इनका इंट्रोडक्शन करते हैं वेरी वेरी जनरल पॉइंट्स। कार्डिक आउटपुट क्या है ये आपको आना चाहिए इस पर आप कमेंट करें कार्डिक आउटपुट को डिफाइन करें लेट्स सी कितने बच्चे करते हैं। बेटा कोशिश करें कि अपने जो अभी की नॉलेज है ना उस पे करें इधर उधर ना देखें नहीं बेटे नहीं वह तुमने तो बहुत ही खूब अजीब सी बात की जिया पास पास है वह सप्लाइंग टू पॉडी हम बेटे हम नर्सिंग क्लास में बैठे हुए हैं ये आमिना शाबाश मेरा बेटा ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट आज हीरा भी ठीक है अब्दुल अब्दुलवाहाब आपने बेटे यूनिट नहीं ना लगाया साथ हाँ ये भी ठीक है बच्चा भी ठीक है तो स्ट्रोक वॉल्यूम में और कार्डिक का आउटपुट में क्या फर्क था मेन ये बातें बानी चाहिए इसका मतलब ये है कि तुम लोग पढ़ते नहीं हो पीछे और जो बोलते हैं वो ज्यादा मेरा है पढ़ने पढ़ाने वाले बच्चे मैं तो ये स्यूम करता हूँ तो बोलने वाले बच्चों में कोई मेरा तीन चार अगर ठीक है या चार पाँच ठीक हैं तो ये एक लमह फिक्री है आपके लिए ठीक है तो बातों का सिर्फ यहाँ पे अटेंडेंस का आप लोगों को सिर्फ फिक्र होती है बेटे आपको ना पढ़ाई की फिक्र होनी चाहिए ठीक है अटेंडेंस की भी फिक्र होनी चाहिए लेकिन सारा चीज़ें सारा मकसद ही फौत हो जाता है अगर आप पढ़ाई को साथ साथ ना आप करें तो स्ट्रोक का और कार्डिक आउटपुट का मैंने बड़ी तमीद के साथ आपको आपसे ज़िक्र किया था कि स्ट्रोक वॉलीम अब फिर से सुन लो एक दफ़ा स्ट्रोक वॉलीम इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड जेक्टेड बाय द हार्ट पर बीट एक सिस्टली में एक बीट में जितना भी अमाउंटी जो वेंटिकल बार फेंकता है, के अंदर, आ, या राइट फेंकती है आर्ट्री में, वो जो amount है उसको स्ट्रोक वाली कहते हैं ठीक है और यही चीज अगर आप per beat ना लें per minute कर लें per hour कर लें यानी per unit of time कर लें वो उसको बेटे आउटपुट कह देते हैं ठीक है तो इनको रटने की कोई जरूरत नहीं है आपको ये इल्म होना चाहिए कि स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पर बीट कार्डिकुट इज द्लड पर यूनिटली पर मिनट लेते हैं उसको ये बात ठीक है और कार्डिक आउटपुट यूजली फाइव लीटर्स पर मिनट होता है हार्ट एक मिनट में पांच लीटर ब्लड सर्कुलेट करता है रोटेट करता है इजेक्ट करता है यहां तक ठीक है तो सर्कुलेशन का जो जनरल प्रिंसिपल है वो ये है कि कार्डिक आउटपुट इज द सम ऑफ ऑल टिश्यू लोकल ब्लड फ्लोज ये बहुत जहर तुम लोगों को भी नहीं समझ आई बात की एक बहुत बुनियादी बात है कि जो कार्डिक आउटपुट है वो इफेक्ट होता है या वो अपने आप को एडजस्ट करता है एक सम ऑफ यानी तमाम लोकल ब्लड फ्लो जो हो रहे हैं टिश्यूज में जो उसकी रियाया है समझ लो ये बादशाह है तो वो सारी रियाया है इसकी उनको जितनों को भी जो भी ब्लड जा रहे हैं मिसाल के तो मसल को जा रहा है ग्लैंड को जा रहा है जीआईटी को जा रहा है ब्रेन को लंग को किडनी को इन सब को आप जब जमा कर लेते हैं ना तो कार्डिक आउटपुट उसके लिहाज से एडजस्ट होता है या हुआ वह होता है दूसरे अलफाज में हार्ट उतना ही ब्लड आगे पुश करता है पर मिनट यानी कार्डिक आउटपुट का जो अपना जो अपना आउटपुट है देता है जितना बॉडी के टिश्यूज को जरूरत होती है ये मेरा ख्याल इसमें बात क्लियर हो गई होगी क्लियर हुई बात क्लियर नहीं हुई कितनों को क्लियर हो गई जल्दी से बताएं हसन को नहीं हुई बाकियों को हो रही है बात एक्चुअली काफी ऑब्वियस है अगर चलो मैं मैथमेटिकली कह देता हूं कार्डिक आउटपुट शुड बी इक्वल टू नहीं आ, ये जो बच्चा क्रोम से लॉकडिन है अली बात उसने बड़ी अच्छी है नहीं इसने कोशिश की है कर, कनेक्ट करने की इसने फ्रैंक स्टार्टिंग लॉ बोला है कि जी फ्रैंक स्टार्टिंग लॉ का मतलब है ये आ, येस एंड नो हम बात ये कर रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई की बात करें भाई जितना टिश्यूज़ को डिमांड करेंगे उतना ही हार्ट अपने आप को एडजस्ट करेगा मैं आपको मिसाल देता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा आप एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी आप बैठे हुए तो इस वक्त आपके कार्डिक आउटपुट है क्योंकि आप वो क्यों है कार्डिक आउटपुट सबका आपका 5 लीटर, लीटर, लीटर अब, तो समझ आ गया। अब आप खड़े होकर ना भागना दौड़ना शुरू कर देते ठीक है तो मेनली आपके जो स्केलेटल मसल है उसकी कंजम्पन बढ़ जाएगी उसको ब्लड फ्लो की ज्यादा जरूरत पड़ जाएगी जो कार्डिक आउटपुट है वो उसके लिहाज से बढ़ जाएगा पहले उनको जरूरत नहीं थी पहले वो 5 लीटर बैठा हुआ था अब वो 10 लीटर पर परमिनंट सप्लाई करेगा क्यों क्योंकि ब्लड जो है वो स्केलेटल मसल को उसकी रियाया में एक घर ऐसा है जहां पे ज्यादा जरूरत पड़ गई है मेहमान आ गए ज्यादा जरूरत पड़ गई है अनाज पहुँचाने की सब कुछ करने की हाँ बस ठीक गुड अच्छा जब आपको बात समझ में आ जा आ जाती है तो आप कहते हैं वैसे ये बड़ी ऑब्वियसली बात है तो इसमें इतना मतलब इतनी एम्फेसाइज करने की क्या जरूरत है ज़रूरत है वो जब मैं आपको अब आप बताऊँगा ना एग्जांपल दूंगा तो फिर आपको समझ आएगी बेटा आपने सुना होगा किसी को हाईपर थायरॉयडिज्म थारोड की डिजीज़ होगी थारॉयड ग्लैंड होता है यहाँ उसकी डिजीज़ होगी सुना है आपने कभी थायड डिजीज हाईपर थारॉयडिज्म या हाई पो सुना है है है अब में में क्या होता होता मसला तो थायराइड मुसीबत हार्ट हार्ट को पड़ जाती है। ये की डिजीज हाँ जी बेटे अब्दुल अब्दुलवाब शाबाश लेकिन मुझे पहले एक्सप्लेन करना था ये, हाँ ये सवाल अलग से कर लेना मैं आपको क्लियर कर दूंगा बुराए तौर पर पाँच लीटर ब्लड ही होता है सर्कुलेशन में उसको घुमाने की जो रेट ऑफ घुमाना है ना ये चीज़ें बस चेंज होती हैं लीटर हैंटर्स में फ़र्क नहीं पड़ता थोड़ा बहुत एमएस से फ़र्क पड़ जाता है लीटर पाँच लीटर ही होते हैं फ़र्क सिर्फ ये होता है कि कुछ अब रेस्टिंग में उसको कितना कितनी दफ़ा घुमाना है समझ में आ रही बात और जब जब इनक्रीज नीड होती है एक्सरसाइज या कुछ और तो उसको ज़्यादा जल्दी घुमाना पड़ता है बस फर्क ये वह समझ आई बात की चलो वापस था बात चलेंगे जल्दी से फिनिश करें इसको थारॉयड बेटे क्या होता है थायराइड में थायरॉयड जो थायरॉक्सिन होती है जो थायराइड हार्मोन होता है वो बढ़ना शुरू बढ़... ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाता है डिजीज है थायराइड की जहर वो जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस करता है अब थारॉयड हारमोन का एक इफेक्ट है हार्ट के ऊपर बेचारे के ऊपर कि वो उसका उसको उसको वो उसकी फंक्शनिंग को बढ़ाता है हार्ट रेट बढ़ाता है नॉर्मली बढ़ाता है अब ये हार्ट का कसूर नहीं है कसूर उस हार्मोन का है जो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन क्या भाई हार्ट को तो यही है ना कि मैंने मुझे लगता है कि मैं पूरा नहीं कर पा रहा तो मैंने तो ज्यादा बीट करना हार्ट ज्यादा बीट करना शुरू कर देता अब वो हार्मोन नीचे हो ही नहीं रहा वो ऊपर ही है तो कसूर उसका नहीं है लेकिन इवेंचुअली क्या होगा कि इस बंदे को अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो इसको हार्ट डिजीज भी हो जाएगी तो हाइपरथायरॉइड पेशेंट्स को जो ट्रीटेड टू तो ट्रीट नहीं होते उनको हार्ट डिजीज दे एंड ऑफ विद हार्ट डिजीज दे एंड ऑफ विद हार्ट डिजीज ये है बात जो इस प्रिंसिपल को इंपॉर्टेंट बनाती है कि कार्डिक आउटपुट जो है वो समबिक ब्लो, अपने आप को एडजस्ट करेगा तो अगर उनमें से एक दो जो है वो फॉल्टी हो गए जरूरत से ज्यादा हर वक्त उनको जरूरत से ज्यादा जरूरत है ब्लड की फॉर वट एवर रीजन एक होती है डिजीज़ बेरी बेरी बेरी बेरी इज अ विटामिन बी डिफिशेंसी इसमें भी क्या होता है मेटाबॉलिज्म जो है ना बेसिक मेटाबॉलिक बेज, रेट ये अप हो जाता है एमिंग खाम खामिंग बगैर किसी मतलब उस वाइटामिन की कमी की वजह से तो क्या होता है हा, फिर हार्थ मुसीबत पड़ जाती है क्यों उसको मुसीबत बेटे इसलिए पड़ जाती है कि उसकी रियाया है या उसकी रियाया से एक मैसेज आ रहा है उसको यह नहीं उसकी समझ में आती बात कि भाई ये मैसेज क्यों गलत आ रहा है मैसेज ये मैसेज की कोई वो जरूरत नहीं है इसको इग्नोर करो वो नहीं कर सकता ये ठीक है वो नहीं कर सकता उसने उसका जवाब देना ही देना है। तो यह है इस, इस प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस कि कार्डिक आउट इज कंट्रोल्ड या रेगुलेटेड बाई द सम ऑफ ऑल लोकल ब्लड फ्लोज ऑफ ऑल टिश्य बात समझ में आई फाइनल एक दो सवाल कर लो अगर हैं तो ओपिनियन देने के लिए नहीं बात नहीं पूछ रहा सवाल अगर हैं तो करो चलो अबोबैस इसका क्या ताल्लुक है इस सवाल से बच्चे हैं मैंने मैसेज भी किया था कि इ रेलिवेंट सवाल नहीं कर रहे हैं रेलिवेंट सवाल आपनेटेक आउटपुट से मुझे सवाल करें बस दोनों ही डेंजरस होते हैं अगर ज्यादा हो जाए तो ठीक है चलो अच्छा अब हम बात करते हैं आर्टेरियल प्रेशर की आर्टेरियल प्रेशर को हमने लास्ट में इसलिए रखा है किताब ने भी लास्ट में रखा है मैंने भी लास्ट में रखा है क्योंकि यह बे जरूरी है आर्टीरियल प्रेशर तो कोशिश करता हूँ इसको मैं कूजे में जमा करूं ठीक है एक तो जरा उस पर दोबारा से गौर फरमा लें वो जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की मैंने आपको मिसाल दी है उसमें अगर आपसे पूछा जाए इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट शेय क्या है तो आपका क्या जवाब होगा मैं आपको चॉइसिस दे देता हूं कार्ट आउटपुट टीरियल ब्लड प्रेशर या टिश्यू ब्लड फ्लो बेटा क्वेश्चन रिपीट जो है ना ये बड़ा लीथल होता है, है। चल ठीक है अब जाहिर है क्योंकि मैं आर्टीरियल ब्लड प्रेशर पढ़ा रहा हूं जवाब भी यही होगा टिश्यू ब्लड फ्लो अच्छा खैर इसमें मैं आपको मजे की बात बताऊँ एक मिनट जरा रुक जाओ मैं आपको मजे की बात बताता हूँ इसमें है क्या कोई बात नहीं के तो मैंने पूछा था रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाली बात जो एग्जांपल थी उसमें अगर मैं आपको तीन चॉइसेस दूँ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होगी कार्टिक आउटपुट आर ब्लड प्रेशर लोकल ब्लड फ्लो ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं मैंने पूछा था उस सिनारी में इनमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होगी उसमें भी ये तीनों जरूरी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज हो ठीक है बेस्ट आंसर फ्रॉम एमसी क्यू तो ये मैं उसकी प्रैक्टिस भी आपको थोड़ी सी करा रहा हूं आपको बताया जो मुश्किल एमसी होता है वो मुश्किल क्यों होता है बेटे नहीं ये वजह नहीं कि आपको आता नहीं है आपको तो कुछ नहीं आता लेकिन एक ऑन अ सीरियस नोट मुश्किल एमसी मुश्किल इसलिए होता है इवन अच्छे बच्चों के लिए मुश्किल इसलिए होता है कि उसकी जो आप, जो चॉइसिस होती है पांच वो मिलती जुलती होती है करीब करीब होती हैं, जिनमें से दो तीन करीब होती हैं, जैसे मैंने इस वक्त आपको एक बहुत है ना आप तो तो एम, मुश्किल वाले उनमें जो फाइव स्टेमें दो तीन स्टेम्स बहुत क्लोज होती है इसलिए कहते हैं चूज द बेस्ट उनमें बेस्ट भैरल एक ही होती है बाकी दो तो भी ठीक होंगी लेकिन बेस्ट एक है इस कंडीशन में इस सिचुएशन आरियो में ब्लड प्रेशर इज दंसर ब्लड प्रेशर अगर आपने ना, ना बचाया ब्लड प्रेशर अगर ऊपर ना आया चाहे टिश्यू ब्लड फ्लो को आपने रोक दें आप कार्डिक आउटपुट को बढ़ा दें जो चाहे कर रहे हدف हदफ ये है कि ब्लड प्रेशर ऊपर आए क्यों ऊपर आए मैंने समझा दी सारी बात ब्लड प्रेशर ऊपर ना आया ये बंदा मर सकता इसलिए ब्लड प्रेशर इज द की अब आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में आया हालांकि मजे की बात यह है कि जैसे हम आगे पढ़ेंगे और इस बात को कोशिश करना याद रखो ब्लड प्रेशर खुद उसकी एक पर्सनालिटी भी होती है ब्लड प्रेशर की अपनी एक प्रॉपर्टी भी है कुछ वो खुद भी फन्ने खां वो टिश्यू ब्लड फ्लो को भी इफेक्ट करता है टिशू ब्लड फ्लो से इफेक्ट भी होता है वो कार्डिक आउटपुट से इफेक्ट होता है और कार्डिक आउटपुट को इफेक्ट भी करता है वेलकम टू सर्कुलेशन सर्कुलेशन बहुत पुट्टी चीज है बेटे मेरी कोशिश होगी कि मैं खास लेवल तक आपको कराऊं क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि इसमें पढ़ना बहुत पड़ता है वो आपने पढ़ना है नहीं हैं जी तो दूसरा ये कि बहरहाल आपके लिए एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक एक वो है है चीज तो उसको एक एक खास लेवल पे रखना जरूरी है बहरहाल अब आप ये देखो ना कि एक चीज चलो आपने मैंने कराई भी इसलिए इधर पूछ पूछ नहीं मेंशन करता हूं आपको आपको याद है जब हम बात कर रहे थे इजेक्शन की, की बात हम कर रहे थे तो हमने क्या कहा था कि हदफ क्या है एटिक वेल्व खोलने का कितना प्रेशर है एटी ये कहा था ना हमने और वो मैक्सिम ट्वेंटी जाता है वो सारी कहानी हमने कही थी ये उस वक्त होता है जब बंदे को ब्लड प्रेशर की शिकायत ना हो उसको ब्लड प्रेशर का ना हो यानी वो हाइपरटेंसिव ना हो यह उस वक्त होता है आपको पता है आपको पता है कि अगर हाइपर हो तो जाहरा उसका वन ट्वेंटी एट्टी तो नहीं ना होगा उसका चले ऐसे कर लें कि 150 90 होगा मिसाल के तौर तो पर इससे भी ज्यादा होते हैं ब्लड प्रेशर अब नीचे वाला 90 है है जी नीचे वाला 90 को जरा वो उस फिक्रे को जरा दोबारा से बयान करो ना वेंट्रिकल में हदफ क्या होना चाहिए अब पहले 80 था हाँ अब 90 है प्रेशर पड़ गया हार्ट पर नाइनटी एम एम एच जी को बीट करना है पहले उसने 80 को बीट करना था अब एक्स्ट्रा 10 पड़ गया उस पर बोझ और ये बोझ आपके हाल में आपने आपने कहना है सर 10 एम एम का नहीं बेटे मसला है अगर ये लगातार एडेड प्रेशर है तो यानी एक सिस्टम अल्लाह ने बनाया है के के लिए आपने पकड़ के उसको बढ़ा दिया मैं कहता हूं भी हफ्ते तक लगातार उठा के रखें एक हफ्ते के, के बाद आपको वो फोन पता है कितना भारी महसूस होगा सोचे आपकी यही तो हमारी लिमिटेशन बेटे हम पता नहीं क्या बने फिरते हैं हम बड़े ठीक तो ये जो टेन की बढ़ोतरी है ना ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए अगर इसको नीचे ना लाया जाए तो ये बहुत मसला हो जाता है हार्ट के लिए क्योंकि हार्ट को वो जो आफ्टर लोड का पता नहीं मैंने एक्सप्लेन किया था नहीं किया था प्री लोड और आफ्टर लोड याद है कुछ हाँ मैंने किया था ओके आई एम बैक अब उस बेचारे को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा बात सिर्फ एक ऐसी चीज की वजह से जिसको वो बनाता है आई होप को समझना कार्डिक आउटपुट एक इंग्रेडिएंट है ब्लड प्रेशर बनाने का ब्लड प्रेशर के बनने में कार्डिक आउटपुट एक कलीदी किरदार अदा करता है ये तो बात लॉजिकल है ना जाहिर है लेकिन आपको मैंने अब अभी, अभी ये क्या एक्सप्लेन किया है कि ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से कार्डे का आउटपुट मुतासर हो सकता है ये हैं पसुडियां सर्कुलेशन के बच्चे आ रही बात आप कह सकते हो मतलब उसका काम बेचारेगा का हिंड्रेंस खुद तो बनाना नहीं है लेकिन वो यही होता है कि बस बीमारियां लग जाती हैं कुछ हम लोग केयर नहीं करते अब हाइपरटेंशन का मेन कॉज तो खैर अननोन है लेकिन जो नोन काजेज़ हैं यही सबसे कॉमनली जो हाइपरटेंशन होती है वो इडियोपैथिक होती है अननोन नोन कॉज इस जिसे इसेंशल हाइपरटेंशन कहते हैं बस वो हो जाती है लेकिन बाकी जो फैक्टर्स हैं वो एक्सरसाइज ना करना है मुरुन खाने खाना है सोल्ट को कंट्रोल करना नहीं है आपकी ऐजव नहीं माशा आप तो इस वक्त अपनी बेस्ट जिंदगी की बेस्ट फेज़ में हो इन श्रोटेक्ट करें मैं बात कर रहा हूँ पैंतीस से ऊपर पैंतीस साल से ऊपर आपको अपनी डाइट के मतलब भी केयरफुल होना पड़ता है सॉल्ट के मुतल केयरफुल होना पड़ता है वॉक करनी पड़ती है यानी एक्सरसाइज वगैरह ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं ठीक है थीके? वैसे अभी भी अभी से भी अगर आप हेल्दी हेल्दी कम अज़ कम एक्सरसाइज रूटीन करें तो ये आपके लिए बेहतर है ठीक है ना इवन आ, यंग लोगों के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है बेटे डायबिटीज बढ़ है बिकॉज आप लोग बैठे रहते हो एक जगह ये स्क्रीन देखते रहते हो और जंक फूड खाते रहते हो इसकी वजह से आप लोगों में भी ब्लड प्रेशर का तो मसला इतना ज्यादा ना हो लेकिन डायबिटीज का बहुत जबरदस्त जिन है जो तक आप लोगों के एज ग्रुप में बढ़ रहा है आपको पता है मेडिकल की किताबें चेंज हुई हैं रिसेंटली पहले डायबिटीज की दो कॉजेज बताई जाती थी दो टाइप्स बताए टाइप वन और टाइप टू आपको पता है कि पांच टाइप्स हो गई और उनमें जो दो ए, ए, एक टाइप है में डायबिटीज़ यानी उनको ना किताबें चेंज करनी पड़ गई इतना डाटा उनके पास आ गया और वो उसका ताल्लुक ये ये, तो ये ये ये ये फ़ूड वगैरह डायबिटीज़ वेरी तो आपने केयरफुल होना ठीक है तो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जो है उसको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए छत पांच छ सात हम मैकेजम्स पढ़ेंगे अगर आपने किसी भी चीज़ की मालियत देखनी हो तो आप क्या देखेंगे उसकी कीमत देखेंगे आप ये देखेंगे वो कितने लोगों को चाहिए कीमत कैसे एडजस्ट होती है डिमांड एंड सप्लाई है ना कीमत कैसे कीमत का तयन किसी चीज़ का कैसे होता है ऐसे होता है ना कि बहुत ज्यादा लोगों को चाहिए होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है किसी को नहीं चाहिए बहुत कम लोगों को चाहिए तो कम ठीक है, है? बॉडी में कीमत का तयन कैसे होता है जितने मैकेनिज्म उसे कंट्रोल करने के चक्कर में लगे हैं उससे तय होना होता है तो ब्लड प्रेशर को, को पांच छह सात मैकेनिजम जुड़े हुए होते हैं कि भाई ये नीचे ना गिर जाए इसको पकड़ के रखो बिल्कुल इसी तरह ब्लड ऑक्सीजन लेवल के लिए भी इतने ही ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए भी इतने ही ढेर सारे मैकेनिज्म याद रखें ब्लड प्रेशर ब्लड ऑक्सीजन आजकल ऑक्सीजन का तो कोविड की वजह से बहुत आपको इल्म हो रहा होगा तो बार बार बात होती है ऑक्सीजन सेचुरेशन की वो एक्चुअली ऑक्सीजन सेचुरेशन की बात हो रही है ब्लड के अंदर तीसरी चीज है ब्लड शुगर बेटे ये तीन चीजें जो है ना ये इंतहा जरूरी है मैं नहीं कहता बाकी जरूरी नहीं है वॉलीम भी जरूरी है पी भी जरूरी है सब कुछ जरूरी है लेकिन ये वो तीन रूटीन की चीज़ें हैं जो ऊपर नीचे हो जाती हैं आप हिलते हैं आप अभी मैं बैठा हूँ मैं खड़ा हूँ तो मेरा बी लो हो जाएगा अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए इतनी सी बात अब देखो मैं बैठा हु मैं खड़ा होऊंगा तो मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट जाऊंगा तो ब्लड प्रेशर नीचे को जाएगा क्योंकि वो ग्रेविटी को फॉलो करेगा तो मेरा बीपी लो हो सकता है होगा अगर एक मैकेनिज्म है इसका हम बात करेंगे बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स फॉरन एक चेपीना लगा दे इस, इस गिरावट को जो एक सेकेंड के अंदर हो सकती है अच्छा जिन लोगों में ये मसला थोड़ा सा नहीं होता बैरोप्टर रिफ्लेक्स इतना अच्छा काम नहीं कर रहा होता वो जब उठते हैं उनको चक्कर आता है सो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इसलिए कीमती है कि इसको बहुत ज़्यादा रेगुलेटर, रेगुलेटरी मैकेम्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं और वो हम आ, बात करेंगे इस बारे में इनशाला ये बेटे पांच असूल थे सर्कुलेशन के आज हमने ये कर लिए हैं अल्लाह का शुक्र है हमें आज इंटरनेट सही मिल गया ये इनशाला अपलोड भी हो जाएगी थोड़ी देर में और हम कल से हीमोडाइनिक्स एक सब्जेक्ट है फिज़िक्स का चैप्टर सब्जेक्ट है आपने पढ़ा होगा तो इसको इसको हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे इन ठीक है बेटे रिज मैंने आपसे दोबारा से कह रहा हूँ एक्स्ट्रा बेटे फिलोसॉफिकल बातें वर् वगैरह नहीं करनी इससे मैं भी डिस्ट्रैक्ट होता हूँ और बच्चे भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं ठीक है यूट्यूब का जो ये जो फॉर्मेट है ना इसमें उन्होंने मैसेज रखे हुए हैं ताकि जो प्रजेंटर हैं वो उन मैसेज का जवाब दें मेरा ख़्याल है यूट्यूब बनाने वालों ने इस मैसेज का ये मेन मकसद रखा है ठीक है ये कैजुल बेटे इसको ना यूज़ किया करो ठीक है तो कल हम बेटे बात करेंगे थोड़ा सा की। मैं एक कर रहा था आप के लिए, तो मैं थोड़ी देर में आपको भेज दूंगा अच्छा आप यही पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है इसी में एड कर करके आपको वापिस भेजता रहूंगा तो वेलकम बैक इस तरह होगा ये, ये आपके एक तरह के रेफरेंस नोट बन जाएंगे नोट्स मुझे चिड़ है इस क्योंकि नोट से मतलब होता है किसी ने आपको डिक्टेट किया है कुछ डिक्टेट नहीं हुआ ये आपकी अब ख़ुद की अब कायदाना सलाहियत है आपकी इंटेलेक्चुअल अबिलिटी है कि आप इन चीज़ों को पढ़ लें समझ लें रिटेन कर लें तो उसमें मेरी छोटी सी एकफर्ट ये है कि आपके पास एक लिखी हुई चीज़ भी आ जाए कुछ मोटी मोटी बातें आ जाएँ और वो ये स्लाइड्स ठीक है, है ना तो ये स्लाइड्स भी आपने सँभाल कर रखनी है ठीक है इन शल आपसे उम्मीद है कि नौ बजे मुलाकात होगी प्लीज़ बी ऑन टाइम टमोरो ठीक है थैंक यू वेरी मच असल रहा दोबारा से attendance ले लें फटाफट अच अपना जो भी CR आर है जी आर प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस अटेंडेंस इज वेल और मुझे आपने वो अटेंडेंस भेजनी है बेटे जिसमें जो दोनों अटेंडेंसेस हैं जिसमें दोनों में जो बच्चे मौजूद हैं उनकी हाँ लिमिटेशंस हैं आई अंडरस्टैंड हाँ जी ऑल डन जी यार ठीक है ठीक है ऑल राइट ऐड कर लें उसको चल वो वो जो मैंने करवाया था उस बेचारे का वो लिख रहा है अभी आ, उस उसका भी कर लो टेंस सिक्सटी सिक्स की भी लगा लें वो माशा हमेशा मौजूद होता है 66 रोल नंबर असद अली ठीक है सवेरा ओके आप इन दोनों को मैच करें ओके मुझे भेज दें ठीक है ओके बेटे कल इनशाला नाइन बजे अल्लाह हाफ़